जय हिंद ये इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर छ है जो लोग एक से पाँच तक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर चले जाएं देख लें या फिर यहाँ पर एक कोने में आई बटन होगा वहाँ पर भी वीडियोस के लिंक हैं वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे हमारे वीडियोस पर पहुँच सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर इकतीस जो कि कमेंट बॉक्स में पूछा गया था प्रश्न नंबर इकतीस था कि गांधी जिसको खान अब्दुल गफ्फार खान भी कहते हैं ने पठानों के लिए एक पार्टी बनाई थी उस पार्टी का नाम क्या था ऑप्शन ए पठान दल बी खुदाई खिदमतगार या फिर सी खासरा पार्टी या फिर डी मुस्लिम लीग तो ये प्रश्न आप इस प्रश्न का उत्तर बताना था आप लोगों को तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी खुदाई खिदमत प्रश्न नंबर दो प्रश्न नंबर बत्तीस किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था ऑप्शन तो ये है कलकत्ता की बी पुणे की जनसभा में या फिर सी बंबई की जनसभा में या फिर डी अहमदाबाद की जनसभा में तो आप लोग पेपर पेन लेकर साल्व करिए हमारे साथ और इस प्रश्न जो इतिहास के हैं वो सभी परीक्षाएँ जिनमें इतिहास पूछी जाती है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो प्रश्न नंबर बत्तीस का सही उत्तर होगा जल्दी बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बंबई की जनसभा में महात्मा गांधी ने करो का नारा दिया था प्रश्न नंबर तैतीस रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने बी स्वामी विवेकानंद ने सी देवेंद्र नाथ टाइगोर ने या फिर डी केशव चंद्र सेन ने बहुत ईजी सवाल है सबको पता होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न चौंतीस है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए आप सोने दंडी यात्रा बी जलियावाला बाघ हत्याकांड सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी है स्वदेशी आंदोलन तो इसको समय के अनुसार लिखना है कि सबसे पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ तो हम करते हैं तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ था फिर उसके बाद 1919 में जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था फिर तीन दांडी यात्रा और चार भारत छोड़ो आंदोलन मतलब यह है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सबसे पहले होगा स्वदेशी आंदोलन उन्नीस सौ में फिर जलियावाला बाग 1919 में दांडी यात्रा 1931 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रश्न नंबर पैंतीस सिपाही विद्रोह 1857 एसबी की प्रथम चिंगारी कहाँ से भरकी थी आप शन ए मेरठ से बी झांसी से सी कानपुर से या फिर डी ग्वालियर से तो प्रश्न नंबर पैंतीस तो का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेरठ से, से. प्रश्न नंबर छत्तीस वर्ना कूल वर्ना कुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने बी लार्ड लिटन ने सी लॉर्ड बेलेजली ने या तो फिर लॉर्ड रिपन ने इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन ने प्रश्न नंबर सैतीस सूची वन में दी गई पुस्तकों को सूची टू में दिए गए उनके लेखकों के नाम के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोट में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए तो सूची वन में पुस्तकों के नाम है जबकि सूची टू में लेखक हैं तो देखिए एक नंबर पर है गुलसन इब्राहिमी ये किताब लिखी है मुल्ला कलीम फरिश्ता ने जबकि बी वाली जो है तारीख़ फिरोज शाही ये लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने मतखाब तारीख ये लिखी है क़ादिर बदायूनी ने और अकबर नामा लिखी है अबुल फ़ज़ल ने तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही कोड बनेगा ए का फोर से बी का थ्री से सी का टू से और डी का वन से तो फोर थ्री टू वन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तो देखते हैं विकल्प में फोर थ्री टू वन कौन सा है तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रश्न नंबर अड़तीस फिर सूची दी है एक तरफ सूची में जो कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए भारत में उनका नाम है और दूसरी तरफ वो कबाई थी उनका सन दिया गया है तो मैच करना है फिर से तो मैच कर रहे हैं देखिए जो भारत में पुर्तगाली व्यापार करने सन पंद्रह में आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1600 में आई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोलह में आई थी जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी सोलह में आई थी तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही कोड बनेगा ए का वन से बी का थ्री से सी का फोर से और डी का टू से वन थ्री फोर टू इस प्रकार इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वन थ्री फोर टू प्रश्न नंबर उनतालीस स्टोरिया डिमोगोर ग्रंथकार का रचयिता निकोलस मनुची मूल निवासी कहाँ का था ऑप्शन मोरक्को का बी लिस्बन का सी रोम का या फिर डी बेनिस का तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बेनिस का प्रश्न नंबर 40 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था ऑप्शन ने बालो लुदी बी सिकंदर लुधी सी इब्राहिम लुधी या फिर डी इनमें से कोई नहीं तो इसमें बताना है कि जो सैयद तो लोधी तो ने प्रश्न नंबर 41 टका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का परिचलन किसने शुरू किया था ने, सी रजिया सुल्तान ने या फिर डी बलबन ने प्रश्न नंबर 41 का यदि आप लोगों ने सही उत्तर लगाया है ऑप्शन तो ये बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ने। प्रश्न नंबर 42 धर्म शब्द का रूपांतर धर्म संबंधित है किस भाषा से ऑप्शन संस्कृत भाषा से भी पाली भाषा से सिर्फ प्राकृत भाषा से या फिर डी अपभ्रंश भाषा से तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्राकृत भाषा से प्रश्न नंबर 43 सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कब ऑप्शन ए चार ईसा पूर्व बी तीन ईसा पूर्व सी तीन ईसा पूर्व या फिर डी दो ईसा पूर्व में तो आप लोगों ने किस कर लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्व में प्रश्न नंबर चौवालीसु राज राजा था कहां का था आपने अंग का विकोशल का सी विदेह का या डी इनमें से कोई नहीं तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन क्या होगा और आप लोगों को आप कमेंट बॉक्स में एक सवाल अजात शत्रु से और बताना है कि अजात शत्रु के पिता का क्या नाम था और इसके समय एक बहुत संगीत भी हुई थी उस जगह का नाम भी आपको बताना है कि कहां पर हुई थी तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि आजाद शत्रु जो है वो मगध का राजा था प्रश्न नंबर 45 निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य व पद दोनों में की गई है उसका क्या नाम है ऑप्शन का सही उत्तर होगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 46 के लोगों के लिए डील वाला बैल क्या था ऑप्शन ए देसी पशु बी विदेशी पशु सी पवित्र पशु या फिर डी पशु जिसकी बलिदी जाती हो तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने गेस कर लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पवित्र पशु प्रश्न नंबर सैतालीस सिंध सभ्यता काल के लोगों के घर किससे बनते थे आपसे पत्थर से बी मिट्टी से सी कच्ची ईटों से या फिर डी पक्की ईटों से तो प्रश्न नंबर सैतालीस का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पक्की इंटों से प्रश्न नंबर 48 खासी जनजाति का मूल निवास स्थान क्या है ऑप्शन ए बिहार बी असम सी मध्य प्रदेश डी या फिर डी बंगाल यह भी बहुत ही कॉमन सवाल है सबको पता होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी असम प्रश्न नंबर 50 सत्रह में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम क्या था ऑप्शन है लार्ड कार्ड बी वारन हेस्टिंग सी सर सरजामसोर या फिर डी जेम्स ग्रांट तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस प्रश्न नंबर 50। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था ऑप्शन ए सूरत में बंबई में मद्रास में या फिर कलकत्ता में तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूरत में प्रश्न नंबर इक्यावन मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था ऑप्शन है अकबर बी जा, सी जहांगीर या फिर डी हुमायूं तो मुगल काल में मुगल काल में सबसे ज़्यादा चित्रकारी का जो पारखी था वो था जहांगीर ऑप्शन सी प्रश्न नंबर बावन सर टामस रो को दूध के रूप में भेजा गया था किसके दरबार में ऑप्शन है औरंगजेब के दरबार में बी जहांगीर के दरबार में या फिर सी शाहजहाँ के दरबार में या फिर डी अकबर के दरबार में तो सर टामस रो को भेजा गया था ऑप्शन बी जहांगीर के दरबार में प्रश्न नंबर तिरपन किस काल किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था ऑप्शन ए पारसी कला का बी सीथियन कला का सी यूनानी कला का या फिर डी बैक्टेरियन कला का तो सबसे ज़्यादा किस कला का गांधार कला पर प्रभाव पड़ा था बताइए आप लोग तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने गेस कर लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूनानी कला प्रश्न नंबर चौवन महाभाष के रचनाकार हैं ऑप्शन ए पारिनी बी कत्यायन सी संध्या कर या फिर डी पतंजलि महाभाष को लिखा है किसने पतंजलि ने तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करिए ऑप्शन ए है भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं था बी सात वाहनों के सिक्के ढलवाए थे सात वाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे ऑप्शन सी गुप्त शासकों ने रुपय नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे।, थे या फिर डी भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था इसमें से सही कथन को पहचानना है प्रश्न नंबर पचपन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कि जो सातवाहन के राजा थे सातवाहन शासक उन्होंने ही शीशे के सिक्के डलवाए थे प्रश्न नंबर छप्पन सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए सूची वन देखिए क्या है कृप्स मिशन ये कब आया था ये बताना है तो देखिए कृष्ण कृप्स मिशन आया था उन्नीस में हो गया थ्री से फिर गांधी जिन्ना वार्ता हुई 1944 में तो बी का हो गया वन से शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में तो ये हो गया सी का फोर से और कैबिनेट मिशन आया 1946 में तो ये बना जाकर डी का टू से तो ये बनेगा थ्री वन फोर टू तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रश्न नंबर सत्तावन नेहरू की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री का क्या नाम था ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल बी मोहम्मद अली सी सर सैयद अहमद खां या फिर डी लियाकत अली खां तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लियात अली खां प्रश्न नंबर अट्ठावन तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा या घोषणा किसने की थी आप सुने जवाहरलाल नेहरू ने बी भगत सिंह ने सी सुभाष चंद्र बोस ने या फिर डी चंद्रशेखर आजाद ने कामन सवाल है सबको पता होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने प्रश्न नंबर उनसठ भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आप सुने जो भारत के हों सरोजनी नायडू बी राजेंद्र प्रसाद सी राधाकृष्ण और डी सी राजगोपाला चारी तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो ये होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी प्रश्न नंबर साठ फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे ऑप्शन ए भगत सिंह बी जवाहरलाल नेहरू सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी चंद्रशेखर आजाद तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का जवाब देंगे या इस सवाल का सही उत्तर देंगे अगले वीडियो में अब आप लोगों को बताना है या वीडियो को कैसे वीडियो आपको कैसा लगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद